भाजपा की कार्य समिति की बैठक में 200 दिन में 200 सीटें जीतने की योजना बनाई गई इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी मंत्री कार्यकर्ताओं को प्रयास करने के लिए कहा गया इसी बीच जब भिंड की सांसद संध्या राय से महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कुर्सी छोड़कर चली गई बात जब, जब जनता की आती है तो इन जनता के सेवकों की बोलती बंद हो जाती है महंगाई रोजगार और जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याओं पर यह बात करने से बचते रहते हैं ऐसा ही नजारा देखने को मिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जहां मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे इस बैठक में वैसे तो आने वाले चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई गई जिसमें 200 दिन 200 सीटें जीतने की योजना भी शामिल है जिसमें मंत्री विधायक समेत सभी नेताओं को जमीनी स्तर पर जाकर पार्टी की जीत प्रयास करना है बैठक में ही भिंड के सांसद संध्या राय ने अनुसूचित जनजाति के लिए की गयी कार्यो के बारे में बताया लेकिन जब उनसे पूछा गया कि महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना के सिलेंडर एससी और एसटी वर्ग के लोग नहीं भरवा पा रहे हैं तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गयी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके आप दखल न्यूज